पहले से बता देता हूँ फ्रोम स्टार्ट इस रैप में रियल नाम एंड मेरी सच्ची ओपिनियन सबके बारे में आई होप कि किसी को बुरा ना लगे बट आई नो बहुत लोग अफेट होंगे तब भी बट ठीक है एक रैप ही तैयार तो थोड़ा सा ऑन द गुड नोट लेट्स गो स्कूल लाइफ मेरी नहीं थी कभी बैठे सोता रहता था जाओ में क्यूँ और जो था मेरा वादा खुद से किया वो जाएगा टूट सोचा मैंने की करने के लिए पूरा जिंदा रहना लोगों ने किया बोल बचपन से अब तक कभी सोचा नहीं कि जब दूंगा दरवाज़ा दस तब बस गिना सिर्फ मैं दस तक फिर वो भागेंगे तुम दबा के तुस्ते की बस तक लगता था कि मैंने किया क्या गुना है जो नाम खोरों ने मुँह खोला और कहा है और झूठा इल्ज़ाम लग पाया मुझ पे भावया ने फिर मुझे सजा दिया है उस भावना ने चुपचाप गुस्सा दबाए वहीं बैठा था कोई मेरा हाल तक नहीं पूछता था दोस्त के नाम पे थे सब साले से मतलब ही दोस्त दोस्त बोल किया मुझे चीट ही मुझके सामने गरी पीछे अमीर दोस्त नहीं ऐसा जिसपे कर सकता था ट्रस्ट अब एट लीस्ट बेटर है सिचुएशन एक पर से हुई मेरी लड़ाई फलतु में छोटे देवांश को थी पिटाई चोट पहुंचाने के इंटेंशन से नहीं किया तो पंच मेरे मम्मी पापा को तूने ने किए इंडल तू मेरे नाक से निकाला था खून रोते रोते गया था पर अभी तक नहीं भूल पाया फल अब तूने की हिम्मत भी कर दी तो सुनना नहीं जाएगा तू अपने घर लाइक तो से तीन दो जो हैं बड़े ही शास्त्री करता था पर कभी सच्चाई आने दी क्योंकि डर लग गया साला मोटा पुतिन अर्जुन की तो बात ही तुम छोड़ो उसके बारे में बोलना ही है बेस क्योंकि उसका इतना बुरा है तो दोस्तों में टेस्ट एंड के कुछ वो ला नहीं आरोप देता था साथ वही थी उसकी गलत बाद ताकत दिखा था तो ऐसे जैसे कोई शेर पर जब अकेले में आएगा तो हो जाएगा ढेर हर एक शेर शेर का होता है सावा एंड मी वेंस एवरी डेज़ बड़ा मेरी क्लासेस टू पहली बार मुझे फेल हुआ फाइनली आई एम आउट ऑफ द चाइल्डहुड स्कूल इज नॉट लिविंग एस टेंशन फ्री इसी क्लास में मिले मुझे कुछ अनोल लोग हैं तो ट्वेल्थ as much as an thirty august 2022 was the best two days of my school life where i have met this and more rathuns of my whole life since then i'm with this strong mind nothing else that was my whole school life nothing special just to summarize cause someone then gave a speech from a book life named life by and this idea is from her mind and now when it is ending well everyone right ha huh. spent so many years memories in the ears wait wait the souls the usual this was like firstland taking something away from this damn right huh. not like the fucking swallows who'd been even never lived their whole life hello why am i doing this right here bragging from keyboard and mentioning previously promised names here okay so the list of the names as go all the followers आयुष्मान मारिया दक्ष अभयारिया अंशिका सागरिका सारिया अन्य कुशाग्र नवनीत गौरी वेदी संजिता वैष्णवी समीक्षा समृद्धि रेवेका आदित्य तनीश रुचिता अंकित अंकित्रष्टि दी तांशु एंड रामन This is Devansh Atsena. Signing off.